करल का भजन मेरे भाई ये बारे बार बार नाम करल का भजन मेरे भाई ये नर्तन बार बार नामे ये नर्तन बार बारे ना मिले ये नर्तन ये निले बारे बारर ना मिले ये नर्तन बारर बारे ना मिले कर ले हैरिका भजन मेरे भाई ये नर्तन बारे, बारे बर न मिले कर ले हरी का भजन मेरे भाई ये नर्तन बारे बरण मिले भजन किया आता प्र है लादन का माने बढ़ाए प्रभु ने भक्ति का भजन किया था प्र लादने हरि का माने बढ़ाए प्रभु ने भक्ति का भगवान नर सिंह रूप में धाये नरतन बार वर न मिले हरि का भजन मेरे भाई नारे बर ना मिले भजन किया था सब ऋण हरी का दर्शन पाए माता ने का भजन किया था सब ऋण का दर्शन पाए माता ने का प्रभु प्रेम से झुठ बर खाए ये नर्तन बारे बर ना मिले कर ले हरी का भजन मेरे भाई ये नर्तन बारे बारे ना मिले भगती से ध्रुव भी अटल बन गए गणिका गीत दे आजामिल तर गए भगति से ध्रुव भी अटल बने गए गणिका गीत अजामिल भी तर गए नाथ भगतों के साने बढ़ाए ये नर्तन बारे वर ना मिले कल हरी के भजन मेरे भाई ये नर तनबार भरना मिले नर धनबार बर ना मिले नर धनबार बर ना मिले नर तन बार बर ना मिले ये नर बारे बरना मिले कर ले हरिका भजन मेरे भाई ये नर्तन बारे बारे ना मिले कल का भजन मेरे भाई ये नर बारे बारे ना मिले